हेलो चलो आपका टाइम वेस्ट नहीं करता बताता हूँ जी क्या है, क्या होती है जो किसी दिन में व्यूबर को नहीं पता है।, क्या होती है सबसे पहले तो मैं 30-30 सेकंड में इसको एक्सप्लेन कर देता हूं उसके बाद बताऊंगा कैसे हम इसको एक्टिवेट कर सकते हैं और अगर एक्टिवेट होकर डीएक्टिवेट हो गया तो क्या मतलब तो पूरा प्रोसेस वाला हूं आज की वीडियो पे फ्रेंड मिस्ट्री कॉल लट जो होती है मतलब कई बार हमारा फोन आउट ऑफ रेंज हो जाता है हम किसी ऐसी जगह पे चले जाते हैं जहाँ नेटवर्क कम आता है नेटवर्क कई बार फोन छोड़ देता है कई बार किस कंडीशन में ऐसा हो जाता है हमारा फोन स्विच ऑफ हो जाता है तो इस हालात में क्या होता है कई बार हमारे कोई इम्पोर्टेंट कॉल होते हैं हो हमारे घर में कोई प्रॉब्लम हो, हो हो सकता है हमारी जॉब से हमारे किसी किसी अफसर का का या भी कॉल आ रहा होगा हमारी संस्था की तरफ से कई बार कॉल आ जाता है जो बहुत ही जरूरी होता है हमें मतलब के रिसीव करना तो इस कंडीशन में क्या होता है हमारा फोन बंद हो जाता है ऑटो ऑफ हो जाता है तो इस वजह से हमें पता नहीं चलता किसी ने हमें कॉल किया है किसी ने नहीं किया तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें जरूरी होती है पता हो किसने मुझे कॉल किया है किसने नहीं किया तो कंपनी क्या करती है आपको कॉल किया इतनी बार कॉल किया है तो इस कंडीशन में आप क्या करते हो बार में जब रेंज में आ जाए तो आपके पास मैसेज आया मैसेज देकर आप चेक कर सकते हो अच्छा इसका कॉल आया था तो आप उसको बैक कॉल कर सकते हो अगर आपको जरूरी लगेगी इस पर्सन का सिमरी बात वगैरह नहीं बहुत जरूरी है तो कई बार ऐसा हो जाता है हमारे पास एक्टिवेट होता नहीं है जिसके पास एक्टिवेट है तो बेल्टर अगर जिसके पास एक्टिवेट नहीं है तो उसको आपने कैसे एक्टिवेट करना है, एक्टिवेट क्यों नहीं है। जिसके पास तो काफी पुराने सिम है तो उसका एक्टिवेट नहीं होगा जो नए सिम है एक इनवेल्ट ऑप्शन दिया गया होता है जिसके अंदर कंपनी ऑटोमेटिकली मतलब आपको मिस्ट्रिक का मैसेज भेज देती है इसके लिए कोई सीक्रेट कोड नहीं है कोई जू एसएस कोड नहीं है स्टार डबल फाइव ट्रिपल फाइव पे ऐसा दिखाते हैं ऐसा कर लो आपकी अलर्ट हो जाएगी कई कारण होते हैं फ्रेंड जिसकी वजह से एक्टिवेट होने के बाद डीएक्टिवेट हो जाती है होने का एक मेजर रीजन ये रहता है फ्रेंड भी कई बार हम कॉल फॉरवर्डिंग लगा देते हैं बहुत सारे मेरे फ्रेंड को पता होगा भी कॉल फॉरवर्डिंग है क्या है अपना कस्टमर केयर नंबर रखा हुआ है जैसे जियो का वन नाइन एट है ऐसी बाकी कंपनी ने अपना कस्टमर केयर नंबर दिया गया तो उसको आप बताइए सर मेरा ये नहीं चल रहा तो वहां से एक्टिवेट हो जाएगा अगर ये प्रोसेस भी आपसे नहीं होता तो आप नियर केयर एयर सेंटर पे जाके या किसी जियो स्टोर पे जाके इसको आप एक्टिवेट करवा सकते हो उम्मीद करता है फ्रेंड आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करा थैंक यू फ्रेंड मिलते हैं अगली वीडियो तब तक बाय बाय लव यू ऑल जय हिंद